भड़ो है भंडारी बहुत रम तो है मारो तो तो यावे शिवजी भांगला भर होना ठेला सा ला शिव जी भूत ने भूत थारे आ मंदिर सवारी करने पाछे आया। हर में सुमार वाड़ी थारो गणों गा